तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आप लोगों को बहुत दिन में खबर नहीं पहुंचा पूछा, पूछा तो कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग और गाइस आज क्रिसमस है तो आप सभी को मेरी क्रिसमस टेरी क्रिसमस इसका भी क्रिसमस और सबका क्रिसमस तो

एक्चुअली मैं आज घूमने आया हूं थोड़ा घर के पास ही रोंगाजान बोलते हैं एक जगह है उधर तो हम लोग जा रहे हैं चर्च चर्च देखने जा रहे हैं चर्च दिखे या ना दिखे पता नहीं लेकिन फिर भी जा रहा हूं देखने के लिए इस बार मतलब बोल रहा है ये लोग कि चर्च में इतना अच्छा से जो कि मतलब क्रिसमस मतलब ये नहीं किया है आयोजन नहीं किया है

तो फिर भी जा रहा हूँ और उधर पास में एक फ्रेंड का घर है आ, उधर भी जाऊँगा और आने वाला दो एक दिन में आ, ये जो साल है 2020 ये भी ख़त्म हो जाएगा तो 2020 को गुड बाय कहते हुए आ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस और जो है 2020 में तो आप लोगों को या तो फिर सबको

आ, बहुत सारा ऐसा चीज़ें जैसे कि हो नया नया चीज़ें देखने को सीखने को मिला है लॉकडाउन सैनिटाइज़र मास्क कोरोना वायरस तो चलिए बहुत सारा बात है आ, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नया साल की तो अभी क्रिसमस है तो क्रिसमस के अवसर पर जा रहे हैं घूमने तो वीडियो पे बने रहिएगा और दिखाने की कर, कोशिश करेंगे चर्च

और क्रिसमस हो और चर्च नहीं दिखाया कैसा तो कैसा बात तो चलिए वीडियो पे बने रहे करते हैं वीडियो को शुरू तो बोल बोलब वीडियो तो आरंभ करो <laughs>

ये लोग जो है आ, दोस्त है आ, पास में किए था फ़ुटबॉल खेल हो रहा था तो देख के हम सब आ रहे हैं अभी आ, दोस्त के घर तो उधर ही घूमेंगे और देखते हैं क्या होता है

तो आगे आ गए हैं मेरा फ्रेंड के घर यानी कि मैं आज ही पहचान ये हुआ हूँ दोस्त बना हूँ मेरा दोस्त का दोस्त है ये तो इसका दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है तो आ गया यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठूंगा उसके बाद आ, जो चर्च से वहाँ जाऊंगा गांव का चर्च है तो इतना मतलब अच्छा भी होगा नहीं फिर भी चर्च चर्च जो होता है चर्च ही है तो दिखाऊँगा

और यहाँ से निकलने के बाद मैं जी प्लेयर मैं पबजी प्लेयर हूँ और तो आपका जो पबजी में जो है पाजी के तरफ से भी मेरी मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस और आपको पापजी के तरफ से भी दिखा देता हूँ एक वीडियो देखते रह